Hello friends if you like my videos please like share and comment and also subscribe my channel Raat aai hai, rat aane do. Nasha hota hai, nasha hone do. Dil chalta hai, dil chhne lo. Yaad aai hai, mujhe pine do. Raat aati hai, rat aane do. Nasha hota hai, nasha hone. दुआई है मुझे बीने दो तेरे प्यार ने श्रे आम बदनाम कर दिया मुझे शरा गुलाम कर दिया मुझे नजराम मर सका ऐसा मेरा शर बन गया जो पहले मैं काना था वो घर बन गया कि अब तो साकिन भी जाम का हिस्सा बना रखा गर्दू दर्द होने दो जख्म गहरा है इसे रन दो आखती है इन्हें रोने दो याद आई है मुझे पीने दो रात आई है रात आने दो नशा होता है नशा होने दो दिल जलता है दिल जलने दो याद आई है